से आग पैदा होने का इतिहास नहीं है लेकिन आग भी पैदा हुई रॉकी नाम का इतिहास भी 1978 से लेकर 1981 तक सोलह देशों में रॉकी ने बहुत क्राइम किए हैं आप सबने अगर केजेफ चैप्टर टू फिल्म देखी होगी तो आप सभी का ये सवाल होगा कि क्या हमें केजेफ चैप्टर थ्री कभी देखने को मिलेगी भी या नहीं पर अब के चैप्टर थ्री को लेकर काफी बड़ी अपडेट्स निकल कर आ रही हैं। वैसे तो इस बात की कंफर्मेशन के चैप्टर टू के एंडिंग में ही हो गई थी कि के चैप्टर थ्री जरूर बनेगी और जल्द से जल्द बनेगी पर अब हाल ही में खुद फिल्म के मेकर्स ने के चैप्टर थ्री को लेकर ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दी है और उन्होंने ये भी बता दिया है कि फिल्म की शूटिंग 2025 में शुरू हो जाएगी के चैप्टर थ्री के अनाउंसमेंट के बाद सभी लोगों का सवाल है कि फिल्म की स्टोरी क्या होगी और जैसा कि हमने फिल्म की एंडिंग में देखा था कि एयरफोर्स के हमले के बाद रॉकी भाई का सोने से भरा हुआ शिप पानी में डूब गया था और पानी में डूबते हुए रॉकी भाई की हमको एक झलक भी देखने को मिली थी पर हमें ये क्लियरली नहीं पता चल रहा है की रॉकी भाई जिंदा है या नहीं आरोप अगर के चैप्टर थ्री बनेगी तो भाई रॉकी भाई तो जरूर जिंदा होंगे अब देखना तो ये होगा कि प्रशांत नील फिल्म की स्टोरी को किस मोड पर लेके जाते हैं और फिल्म में हमें और कितना जबरदस्त एक्शन देखने को मिलता है फिल्म में अभी यश और रविना टंडन जिंदा हैं इसीलिए नेक्स्ट स्टोरी इन्हीं पर बेस्ड हो सकती है ये तो आने वाला समय बताएगा कि फिल्म की स्टोरी क्या होगी मेकर्स की तरफ से फिल्म की अनाउंसमेंट तो कर दी गई है मेकर्स का कहना है कि फिल्म की शूटिंग 2025 में स्टार्ट हो जाएगी और फिल्म की शूटिंग में लगभग एक ऐसी डेढ़ साल का समय तो लगेगा ही इसलिए हो सकता है की फिल्म हमें दो के लास्ट तक देखने को मिल जाए अभी प्रशांत नील अपनी सालर फिल्म में बिजी हैं और सालर फिल्म के बाद इनकी जूनियर एनटीआर के साथ एनटीआर 31 फिल्म आने वाली है जो 2024 के लास्ट में रिलीज होगी इसीलिए दोनों प्रोजेक्ट के बाद प्रशांत नील के चैप्टर 3 पर काम शुरू करेंगे इसलिए मेकर्स ने 2025 में के चैप्टर 3 की शूटिंग स्टार्ट करने का टारगेट रखा है के चैप्टर 2 रिलीज होने के बाद जिस तरह से लोगों में चैप्टर 3 को लेकर हाइप बनी हुई है वैसी हाइप कभी बाहुबली 2 के लिए बनी थी अब देखना तो ये होगा कि के चैप्टर 3 बाहुबली 2 का रिकॉर्ड तोड़ पाती है या नहीं KGF Chapter 2 ने सभी लोगों को बिल्कुल हैरान कर दिया था और जिस तरह से प्रशांत नील ने सिर्फ 100 करोड़ के कम बजट में एक 1200 करोड़ की ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनाई और फिल्म में जिस तरह के सीन्स थे उसने तो सभी को अपना दीवाना बना दिया इन सब ने लोगों का दिल जीत लिया था अब देखना तो ये होगा की प्रशांत नील चैप्टर थ्री में क्या लेकर आते है काफी लोग इस बात से भी खुश है की के जी एफ चैप्टर अनाउंसमेंट तो हो गई है नहीं तो कई लोग सोच रहे थे की हमें के जी एफ देखने को मिलेगी भी की नहीं पर मेकर्स के अनाउंसमेंट के बाद हमें ये बात तो फाइनल हो गई है कि देरी से ही सही के चैप्टर थ्री बनेगी जरूर काफी लोग कह रहे हैं कि प्रशांत नील की सालर फिल्म में हमें रॉकी भाई का कैमियो देखने को मिलेगा अगर ऐसा होता है तो हमें के चैप्टर थ्री में प्रभास का भी कैमियो देखने को मिलेगा जिससे फिल्म और काफी बड़ी फिल्म हो जाएगी और दोस्तों इसी के साथ आज की वीडियो हमारी खत्म होती है मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय अपना ख्याल रखिएगा